हेलो डियर गुड मॉर्निंग कैसे हैं आप सब आशा करती हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे मैं भी ठीक ही हूं वापिस कल आ गई हूं सुबह सुबह लेकिन तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी बुखार आ गया था और कई कारण थे बुखार आने के एक तो ये आँख में जो हुआ है इसका भी एक कारण है और दूसरी कार दूसरा कारण ये है कि थकावट थोड़ा जाने के पहले भी स्थिति गंभीर थी तो आज तो शनिवार देखते हैं ये वीडियो आपको कब तक मिलता है और समय लगभग न हो रहा है मॉर्निंग शिफ्ट है ये चले गए हैं अब मैं धीरे धीरे अभी भी करने का मन नहीं है लेकिन धीरे धीरे ये बैग खाली करके मैं दिखा रही हूँ धीरे धीरे ये बैग खाली करके सारा कपड़ा निकाला है क्योंकि कुछ वहाँ से धोकर लाए हूँ कुछ धोना है तो काम तो इकट्ठा है कल तो पूरा दिन भर इसी तरह पड़ा रह गया बैग जिस तरह आके रखा है उसी तरह है क्योंकि ये भी ऑफिस निकल गए ये कल भी ये ऑफिस निकल गए थे कल तो मॉर्निंग शिफ्ट नहीं था दस बजे निकले थे लेकिन रात भर का सफ़र था तो ये भी आके सो गए फिर मेरी इतनी तबीयत ख़राब हो गई इतना बुखार अभी भी है और आवाज़ से भी लग रहा होगा लेकिन धीरे धीरे काम में लगना पड़ेगा और यहाँ पर तो अभी स्थिति इस घर की थोड़ा ठीक ठाक है तो इस घर में ज़्यादा टेंसन नहीं है बेटा बेटी दोनों सोया है नहीं चाहते हुए भी बेटी को सरसों तेल गरम करके लगाना पड़ा क्योंकि मुझे फीवर है तो उसको भी हो गया बेटा का भी तबीयत ख़राब हो गया था लेकिन मेरे बेटा ने बहुत एंजॉय किया मैं तो मेला वगैरह नहीं मैं के गई तो मैके जाने के समय थोड़ा सा भगवान को प्रणाम कर लिया है तो फिर से आप लोगों से जुड़ते हैं बने रहिएगा इस चैनल पे अपना प्यार बनाए रखिएगा देखती हूँ अब कब और कैसे मिलती हूँ ये देखेंगे कपड़ा जो रात में कोई धोकर मेरे हस्बैंड डाले थे उठा मैंने रखा था और ये सारा पेपर है जो निकाल कर रखा है कबाड़ी वाले को देने के लिए सोफ़ा पर पोछा निकाल कर रखी हूँ कि हिम्मत कर रही हूँ कि मैं थोड़ा सा पोछा कर लूँ क्योंकि अच्छा नहीं लगता है घरवर तो चलिए आगे मिलते हैं आप लोगों से ये वीडियो मैं दो तीन दिन बाद का दिखा रही हूँ डियर मेरे आँख की स्थिति बढ़ते बढ़ते इतना बड़ा हो गया कि वो एक गूरा का रूप धारण कर लिया बहुत स्थिति गंभीर हो गई और दो तीन दिन बाद मेरी बेटी की वो स्थिति हो गई कि मैंने कल्पना नहीं की थी मुझे नहीं पता था डियर के घर जाने का इतना बुरा परिणाम निकलेगा मैं कभी भी नहीं जाती भागे भागे बेटी को यहां लेकर आई हूं। यहां आते ही डॉक्टर ने तो एडमिट करने की बात कही लेकिन मैंने कहा नहीं मैं नहीं करूंगी मैं इसके बिना नहीं रह पाऊंगी मैं बहुत रोने लगी तो इसको निमोलाइज़र और दवाई वग़ैरह दिया है और यहां से दवाई वगैरह खिलाना शुरू करूंगी कहा है कि आपको चौबीस घंटे में लेके आना है चौबीस से अड़तालीस घंटे में देखती हूँ ये दवाई सुनता है या नहीं इसको काफ़ी खा कप था खांसी था खांसते-खांसते इसको उल्टी होने लगा बिल्कुल ये तुरंत ऑफिस निकले ही थे मैं बाथरूम में थी बाथरूम से आई और इसकी स्थिति को मैंने देखा मैंने इनको तुरंत फ़ोन किया ये ऑफिस में कदम रखे ही थे इन्होंने पंच मारा वहां से वापस आए यहां लेकर आए हैं अब देखती हूं डियर आप लोग मेरी बेटी के लिए दुआ करिए कि मेरी बेटी जल्दी ठीक हो जाए मेरी बेटी की स्थिति बिल्कुल भी अच्छी नहीं है डियर बिल्कुल भी अच्छी नहीं है और अभी भागे भागे अस्पताल से आई हूँ और यही ड्रेस बाहर में था यही अभी फिट भी हो रहा था रखा था इसको पहना नहा के निकली और मैंने बेटी की जो स्थिति खराब देखी मैं बिल्कुल एकदम घबरा गई स्कूल लेके गई घर आई हूँ बेटा भी स्कूल से आया है और सामान ग्रॉसरी का सामान भी आ गया है बेटा भी स्कूल से आ गया है बेटा को खाना दिया है और अभी दूध गर्म होने के लिए चढ़ाया है तो अब देखती हूँ क्या कुछ कर पाती हूँ बेटी को अभी सुलाया है उसको अब थोड़ा सा उसको राहत मिली है देखती हूँ कब तक मेरी तबीयत ठीक होती है तो चलिए डियर मिलती हूँ आगे यहाँ पर मैंने सारा चादर धोकर डाला है सारा सिंगल बेड शीट डाल दिया है बस अब दो बचा हुआ है हेलो डियर कहते हैं आप सब नहीं शेयर कर पा रही हूँ कोई भी ब्लॉग आने के बाद मेरी आवाज़ से भी आप लोगों को लग रहा होगा आई हूं और परेशान हूं वहां से आई हूं और मेरी बेटी एकदम बीमार पहले तो मुझे खांसी सर्दी सब हुई तो मुझे लगा कि चलो मुझे हुआ है कोई बात नहीं मैं ठीक हो जाऊंगी लेकिन होते होते इतना बढ़ गया और मेरी बेटी का इतना हो गया कि लेके दिखाने गई तो नेबुलइज़र वगैरह जिस तरह के आप लोगों ने देखा घर में भी उसको बार बार लगा रही हूँ अब क्या है कि खांसी रिकवर भी नहीं हुआ है और जितना बार खांसती है उतना बार उसको पोटी आ रहा है मतलब आज ही मेरे हस्बैंड बोल रहे थे चलो इसको दिखा के लाते हैं मैंने कहा आज देख लेती हूँ तीन दिन का एक दवाई था हो सकता है इतना जो दवाई दे रहे हैं इससे इसको परेशानी हो रही है एक दवाई कम भी हो गया तो देखते हैं आज भर देख लेते हैं नहीं तो कल फिर जाएंगे तो इसीलिए आप लोगों के सामने में नहीं आ पा रही हूँ थोड़ी सी व्यस्तता है और थोड़ा मैं निगेटिव नहीं दिखाना चाहती हूँ सामान वगैरह आ गया सब रखा हुआ है अब तो दीपावली भी आ गया है और यहाँ मैं बालकनी के पास आके बोल रही हूँ क्योंकि उस रूम में दोनों को सुलाया है बेटा और बेटी को जैसे सोती है जल्दी जल्दी काम निपटाती हूँ फिर सोचती हूँ कि क्या करूँ कैसे दिखाऊँ मतलब जब माइंड स्थिर नहीं होता और बच्चे जब बीमार होते हैं तब तो किसी भी चीज़ में मन नहीं लगता है लेकिन फिर भी मुझे लगा कि आप लोगों से बात करना चाहिए तो आप लोगों ने मेरा सारा ब्लॉग देखा होगा ससुराल गई थी मैं के गई वहाँ से आ गई अगले महीने अट्ठाईस को भाई का शादी है और मैं गाउन बनाने का सोच रही हूँ और मैंने ना अगले अगले महीने भाई की शादी है नवंबर को ये तो बिल्कुल अगेंस्ट नहीं जाना है बच्चे उच्चे लेकर जाओगी फिर सब बीमार होगा ये होगा अब देखिए क्या होता है मन तो नहीं मानता है मैं कि मैं शादी होती है तो लेकिन पति की भी बात को रखना चाहिए तो फिर भी शादी हो या न हो मैंने एक गाउन बनाने का सोचा है उसके लिए अमेजोन से मैंने ये मंगाया हुआ है ये गाउन के नीचे मेरा लगता है ये कैन कैन ही होता है लेकिन ये पट्टी के साइज़ का होता है और ये दो इंच का आ गया है जबकि मुझे एक, एक, एक इंच का चाहिए था तो मैं देख लेती हूँ ये मेरे काम में आता है तो ठीक है नहीं तो इसको रिटर्न करके दूसरा मंगाऊँगी तो डियर इस ब्लॉग को यहाँ पर एंड करती हूँ मिलूँगी मैं आपसे आगे बने रहिएगा इस चैनल पर अपना ढेर सारा प्यार दीजिएगा इस चैनल को और मैंने अपने चैनल के डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का भी डाला है आई डी वहाँ चेक करिएगा मैं भी अब रील बनाना शुरू कर रही हूँ कर दिया है कोशिश करूँगी बेहतर परफॉर्मेंस करने का अकेले अकेले घर में बैठ के करना क्या है तो चलिए डियर मिलती हूँ आप लोगों से आगे, आगे बने रहिएगा इस चैनल पे और एक गुड न्यूज़ और भी आप लोगों को सुनाऊँगी वो क्या है कुछ दिन बाद सुनाऊँगी तो चलिए डियर बाय बाय अपना ध्यान रखिएगा